इस कोरोना के चक्कर में काफी लोगों को घर पे बैठना पड़ा कई लोग तो बाहर निकलने की वजह से थोड़ा बहुत हाथ पांव हिला लिया करते थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से वो भी बंद हो गया बाहर ना जाने की वजह से और एक्सरसाइज में आलस की वजह से काफी लोगों का वजन बढ़ गया और शायद आप भी उनमें से एक होंगे तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो टो तो फाइव ड्रिंक्स जिससे आप वेट लॉस कर सकते हैं आज उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले है सौंफ का पानी दूसरा है जीरे का पानी तीसरा है अजवाइन का पानी चौथा है नींबू पानी और पांचवा है ग्रीन टी गाइस वजन घटाने की अमेजिंग हेल्थ टिप आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक मिलता है अगली वीडियो में